नमस्कार राम राम दर्शकों स्वागत है आप सभी का आपके चैनल दिनांक 31 अगस्त 2018 का दैनिक राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है मेष से लेकर मीन राशि तक का जो ये राशिफल है संपूर्ण दिन कैसा जाएगा शुभ उपाय क्या हो सकते हैं शुभ अंक शुभ रंग और किन नेम की स्पेलिंग से लोगों को रहना है आज आपको सावधान इन सभी पर हम चर्चा करेंगे बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ चलिए पंचांग पर दृष्टि डाल लेते हैं उससे पहले बताना चाहेंगे कि आज हमारा फोन एंड लाइव कार्यक्रम भी होगा हर एक राशि बताने के बाद एक कॉल हम लेंगे टेलीफोन कॉल लेंगे और आप कोई अपना एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो दर्शकों नंबर हमने जो है फ्लैश कर ही दिया है नाइन सिक्स टू वन डबल तो इस नंबर पर आप लोग फोन करके अपनी जो है कोई एक क्वेश्चन आप ले सकते हैं आप कम्युनिटी टैब में भी जाके नंबर देख सकते हैं तो, तो पंचांग पर दृष्टि डाल लेते हैं विक्रम 1940 सूर्योदय होगा प्रातः पांच बजकर अड़तालीस मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को अठारह बजकर चौबीस मिनट पर अषाढ़ की पंचमी तिथि रहेगी बाईस बजकर बारह मिनट तक की रात में दस मिनट तक की उसके बाद ष्टी तिथि लग जाएगी भादो मास हमारा ये चल रहा है जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि पंचमी तिथि वाले दिन बेलपत्र का सेवन नहीं करना चाहिए का बेलपत्र हमने कह दिया सॉरी बिल्बफल बिल्ब फल का सेवन नहीं करना चाहिए इसी प्रकार जो षी तिथि है इसमें तेल कर्म वगैरह वर्जित बताया गया है राहुकाल की यदि हम बात करें तो राहुकाल का समय प्रातः दस कर, मिनट से बारह मिनट तक की और गोलिक काल की यदि बात करें तो गुलिकाल रहेगा प्रातः सात तेईस से आठ सत्तावन तक की अभिजीत मुहूर्त जो आएगा ये ग्यारह बजकर इकतालीस मिनट से बारह बजकर इकत्तीस मिनट तक की रहेगा अमृत काल है अमृत काल में आप शुभ कार्यों को कर सकते हैं तो अमृतकाल आठ बजकर बावन मिनट से ग्यारह बजकर तीस मिनट तक का जो समय रहेगा ये अमृतकाल का रहेगा आप लोग टेलीफोन कर सकते हैं और बात कर सकते हैं टेलीफोन करके छियानबे ये नंबर है लेकिन ये लाइव प्रोग्राम में ही नंबर चलेगा इसके बाद आप फोन करेंगे तो हमारे असिस्टेंट उठाएंगे तो दर्शकों अमृतकाल में आप किसी भी शुभ कार्यों को कर सकते हैं दिशा सूल की यदि हम बात करें तो शुक्रवार दिन है तो आज का जो दिशा रहेगा ये पश्चिम दिशा बेस्ट डायरेक्शन का आज दिशा सूल रहेगा इस दिशा में आज यात्रा करना हानिकारक हो सकता है हाँ अगर बहुत किसी कारणवश यात्रा करनी पड़ रही है तो आपको जो है दही खा करके यात्रा करनी चाहिए और थोड़ा सा शहद का भी आप प्रयोग कर सकते हैं चलिए दर्शकों ये तो था हमारा पंचांग अब ग्रहों के गोचर पे आ जाते हैं कि कौन से ग्रह वर्तमान समय में किस राशि में गोचर कर रहे हैं तो सबसे पहले सूर्य जो ग्रहों का राजा है इनकी बात करते हैं तो सूर्य का गोचर स्वराशी अपने सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं 11 डिग्री पर मंगल का जो गोचर है मकर राशि में चार अंश पर कर रहे हैं चंद्रमा आज मेष राशि में गोचर करेंगे चार अंश पर बुद्ध कमशा कर्क राशि में तेईस अंश पर बृहस्पति तुला राशि में बाईस अंश पर शनि वक्री है धनु राशि में आठ डिग्री पर शुक्र कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं राहु दस डिग्री कर्क कर राशि में गोचर कर रहे हैं और केतु मकर राशि में गोचर कर रहे हैं तो दर्शकों ये तो था हमारा ग्रहों का गोचर अब चलते हैं ग्रहों का गोचर हो गया अब बढ़ते हैं अपने अगले उस पर राशिफल की ओर तो राशिफल क्या कहता है तो राशिफल पर हम चलते हैं पहली हमारी राशि आती एरीस मेफ राशि तो आज अपनी परेशानी आप किसी से शेयर कर लीजिएगा अच्छा रहेगा बेहतर रहेगा कि शांत मन से ही कोई कार्य करें जीवन साथी के साथ आज अलगाव की स्थिति बनी रहेगी कुछ वाद विवाद हो सकता है जीवन साथी के साथ निजी जीवन में भी आपके कुछ प्रॉब्लम आती हुई दिख रही है बिजनेस या नौकरी के लिए यात्राएं हो सकती हैं और इन यात्राओं से आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है अपनों का साथ मिलने से आज आप खुश हो सकते हैं चंद्रमा की स्थिति से आज कुछ अलग तरीके की बेचैनी भी हो सकती है वहीं पर यदि हम आपके बिजनेस की बात करें तो बिजनेस आपका ठीक रहेगा तो दर्शकों करना क्या है आज आपको देखिए सबसे पहले तो कोशिश कीजिएगा कि किन्नर यदि मिल जाते हैं तो उनको आप कुछ जो है पान का जो है सेवन करने को दे सकते हैं तांबूल कहते हैं पान इसका आप सेवन कर सकते हैं और हम एक कमेंट टाइप कर रहे हैं इस पर आप लोग कॉल कर सकते हैं देखिए कमेंट हुआ है इस पर आप लोग कॉल करके जो है हमसे बात कर सकते हैं तो किन्नरों को पान खिलाना है शुभ कलर की यदि आज हम बात करें तो वाइट कलर आपके लिए शुभ कलर रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक आठ आपका शुभ अंक रहेगा आपको टी नाम और यू नाम के लोगों से सावधान रहना होगा चलिए वृषभ राशि की ओर पढ़ते हैं तो के वृक्ष आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है तो आज किसी के साथ कॉन्टेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों और भाइयों से आज आपको सहयोग प्राप्त होगा चंद्रमा गोचर कुंडली के चूकी लाभ भाव में रहेगा तो कोई क्या सोच रहा है इससे आपको कोई मतलब नहीं है कुल मिलाकर आज लाभ की स्थिति बन रही हैं रोमांस के लिहाज से आज बहुत अच्छा समय है परिवार में भी आज जो दिन है ये पूर्वक सुख शांति पूर्वक बीतेगा और आज उच्च अधिकारी आपकी तारीफ करते हुए नजर आएंगे कोई पुरस्कार आज आपको मिलता हुआ नजर आएगा आज किए गए कामों का आज, आज आपको फायदा होगा समय आपके फेवर में होने के कारण आज आप ज्यादा खुश रहेंगे इसके साथ साथ आज किए गए कामों में आपकी ख्याति चारों तरफ रहेगी समय आपके फेवर में है कम मेहनत से आज आपको ज़्यादा लाभ होता हुआ दिख रहा है लेकिन अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना है सोच समझकर बोलेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा एक अजीब तरीके की स्थिति आज आपके साथ बन सकती है मन में कर, कई तरीके के नेगेटिव थाट्स भी आते हुए नजर आ रहे हैं करना क्या है आज देखिए अपोजिट जेंडर वालों को आप लोग परफ्यूम या डिओड्रेंट दे सकते हैं और तमाम हमारे देखिए कमेंट आ रहे हैं कुछ कमेंट को हम पढ़ लेते हैं सबसे पहले आपकी फोन लाइन बिजी है प्रदीप बत्रा जी लिखते हैं नहीं जी अभी तो कोई फ़ोन नहीं आया है आप लोग ट्राई करिए इंद्र कुमार जी लिखते हैं हेलो आशीष जी इंद्र जी नमस्कार जी और अजय वर्मा जी जय माता दी भैया जी नमस्ते सब लोग देखिए राम राम लिख रहे हैं आप लोग कोशिश किया करिए कि राम राम लिखा करिए वो ज्यादा अच्छा रहता है इसी बहाने राम का जो है शब्द भी निकल जाएगा हम लोगों के मुंह से चलिए वृषभ राश के जो हमारे जातक हैं तो डिओड्रेंट आजकल मिलाकर गिफ्ट करना अगर कोई नहीं मिलता है तो आप धर्म पर गिफ्ट कर दे बहुत अच्छा रहेगा और शुभ कलर की बात करें तो आपके लिए आज वाइट कलर शुभ कलर रहेगा अंक दो आपका शुभ अंक रहेगा आपको जी नाम एम नाम के लोगों से सावधान रहना मिथुन राशि की ओर बढ़ते हैं तो आज जो भी काम हाथ में है उसे निपटाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा ज्यादा लगेगा नौकरी या बिजनेस में एक से ज्यादा फायदे के मौके आपको मिल सकते हैं आज आपके काम की गति भी तेज हो सकती है अपने शौक पूरे करने हैं तो कर लें मेहनत से भी आज काम पूरे होते हुए दिख रहे हैं पिता से सहयोग प्राप्त होगा थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो आज भाग का आपके फेवर में होना बिल्कुल तय है बिजनेस करने वालों की इनकम का अच्छा स्रोत होता हुआ नजर आ रहा है वहीं पर आज पराक्रम भी आपका अच्छा रहेगा वाहन या मकान खरीदने का यदि मन बना रहे हैं तो आज क्रय करते हुए नजर आएंगे गोपी किशन जी लिखते हैं जय हो भैया गोपी जी जय हो किसी के साथ कोई गलत फहमी ना रखें तो अच्छा रहेगा और आज अचानक यात्राओं का योग बन रहा है लव लाइफ में कुछ बदलाव होते हुए मिथुन राशि के लोगों को दिख रहा है कोई अच्छी खबर गुड न्यूज आज आपको प्राप्त होती हुई दिख रही है तो करना क्या है मिथुन राशि के जात को आज भगवान भोलेनाथ पर दूध में थोड़ा सा काला तिल मिला लीजिएगा और उसके बाद अभिषेक करिएगा ग्रीन कलर आपका शुभ कलर है और शुभ अंक की बात करें तो अंक छः आपका शुभ अंक रहेगा आपको टी नाम और पी नाम के लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है देखिए फोन हमारा चालू है आप लोग ट्राई करिए फोन मिलेगा नाइन सिक्स टू वन डबल जीरो एट टू जीरो वन यही नंबर है और यह देखिए फोन हमारे हाथ में है ये बिल्कुल अभी ऑन की स्थिति में है नेटवर्क भी पूरा फुल आ रहा है आप लोग बस मिला तो भविष्य क्या कहती है तो चंद्रमा गोचर कुंडली के जो है भाग्य स्थान में चुकी जो है आज रहेगा तो दिन आपके लिए अच्छा रहेगा आप जिससे भी मिलेंगे आज उस पर आपका प्रभाव पड़ेगा कुछ अच्छे मौके आज आपको मिल सकते हैं कोशिश करेंगे तो उम्मीदों से ज्यादा आज, आज आपको सफलता मिल सकती है अपना मन शांत रखें और आपको नए अनुभव हो सकते हैं कामकाज में आनंद आएगा भावनात्मक संतुलन भी बना रहेगा अचानक कोई जिम्मेदारी आज, आज आपको मिलती हुई नजर आ रही है धन लाभ की उम्मीद है चलिए एक फोन आ रहा है हेलो हेलो हेलो देखिए फोन कट जा रहा है चलिए फिर से अभी आएगा फोन तो आज करना क्या है किसी ब्राह्मण तुल्य व्यक्ति के पैर आपको छूने हैं हेलो हाँ जी मैं कुछ पूछना चाहता जी अपनी डेट डेट बर्थ बर्थ टाइम और प्लेस बताइए मेरी हेलो 26 जनवरी उन्नीस सौ जी साढ़े बारह बजे रात के अच्छा मतलब हाँ जी ये 25 जनवरी की रात में बारह बजे के बाद आपका हुआ है ना 26 छब्बीस बर्थ प्लेस कहाँ का है आपका अच्छा जी अपना प्रश्न बताइए आपकी जो कुंडली है तुला लग्न की कुंडली है अपना प्रश्न बताइए गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी जो आपके जो है टेंथ स्थान के मालिक बनते हैं बनते हैं चंद्रमा और चंद्रमा जो है शनि के साथ जा करके बिश्कुंभ योग बना रहे सप्तम स्थान में दूसरा जो कर्म भाव में राहु बैठा हुआ है ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वर्तमान में आपकी जो महादशा चल रही है मंगल की चल रही है और मंगल में राहु का अंतर है तो अभी काफी समय है बहुत स्ट्रगल होगा उसके बाद ही आपको नौकरी मिलेगी धन्यवाद जी चलिए इनसे बात हो गई अब हम जो है राशिफल पर अपने बढ़ रहे हैं तो कर्क राशि के जात को आज आशीर्वाद लेना है मंदिर में पुजारी के पैर छूके इसके साथ साथ आपके लिए शुभ कलर की बात करें तो व्हाइट कलर आपका शुभ कलर रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक दो आपका शुभ अंक रहेगा और कुछ जानना है एन नाम और ई नाम आपके लिए जो है आज बच के रहिएगा सिंह राशि पर बढ़े उससे पहले कॉल लेते हैं हेलो हाँ जी हाँ जी बोलिए अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ बताइए सोलह अगस्त उन्नीस सौ पंचान सोलह अगस्त उन्नीस सौ पंचानबे पंचानवे सुबह साढ़े बजे जी जन्म स्थान आजमगढ़ जी आजमगढ़ के है आप। जी। आपकी जो कुंडली है सिंह लग्न की कुंडली मेष राशि है आपकी जी। लग्न के मालिक बनते हैं सूर्य त्रिक भाव में स्थान चले गए के साथ आप अपना प्रश्न पूछिए गवर्नमेंट जॉब का आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब का इधर 2020 के बाद ही जो है योग दिख रहा है अभी अभी आपको करना क्या है अपने सन को स्ट्रॉन्ग करिए सूर्य को मजबूत करिए तो सूर्य को प्रतिदिन अर्घ दिया करिए आदित्य हृदय का पाठ किया करिए और अर्घ दिया करिए इसके साथ साथ अपने माता पिता का प्रतिदिन चरल स्पर्श करिए इतना करेंगे 2019 जाते जाते आपकी सेना में जॉब लग जाएगी बिल्कुल 100 परसेंट गारंटी है ये बिल, बिल्कुल ठीक है जी नमस्कार जी कई लोग और हैं तो सिंह राशि की ओर बढ़ते हैं सिंह राशि में बहुत ही सोच विचार के बाद आज आप किसी नतीजे पर पहुंच पाएंगे अपना व्यवहार थोड़ा सा लचीला रखिएगा पिछले कुछ दिनों में बनी योजना आज आपके लिए कारगर हो सकती है जरूरत पड़ने पर साथ के लोगों से सलाह लेने में संकोच ना करें तो बेहतर रहेगा बिजनेस में अच्छी सोच विचार कर फैसला करें उनसे आपको फायदा होता हुआ दिख रहा है दूसरों पर आपको जो है आज आपका प्रभाव जो है सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा परिवार के मदद के लिए आज आप आगे आ सकते हैं इसके साथ साथ गोचर कुंडली का जो चंद्रमा है ये अष्टम भाव में आठवें भाव में होने से यह होगा कि अचानक धन हानि का योग बन रहा है तो आज करना क्या है किसी बुजुर्ग स्थान की आज आपको मदद करनी है मदद भी कैसे अगर वो भूखा हो तो उसको आप भोजन कराइए चलिए अगली कॉल हम अपनी ले लेते हैं हमारी जो अगली कॉल आ रही है हाँ सिंह राशि वाले जो जातक है इनके लिए शुभ कलर की बात करें तो रेड कलर आपके लिए शुभ कलर रहेगा शुभ अंक रहेगा पाँच आपको ओ नाम और टी नाम के लोगों से सावधान रहना है हेलो जी अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए पाँच चार अच्छा आठ अप्रैल जी आठ चार 1971 टाइम क्या है बारह बज के जी सेवेंटी वन है ना आपकी आपकी जो कुंडली है ये मिथुन लग्न की कुंडली है और सिंह राशि है आपकी ए अच्छा जी आपको आपको ये ये चीज आपको क्लियर करनी चाहिए देखिए दिन का है कि रात का है तेईस बज सत्रह मिनट जी आपकी जो कुंडली है वृश्चिक लग्न की कुंडली है कन्या राशि है आपकी जी जी जी मंगल तो अभी आपके अब मार्गी हो गए हैं इस समय चार अंश पर गोचर कर रहे हैं वर्तमान में आपकी गुरु की महादशा चल रही है और उसमें शुक्र की अंतरदशा चल रही है आपका जो प्रश्न है फाइनेंस से रिलेटेड प्रश्न है तो फाइनेंस में जो अच्छी स्थिति आएगी ये दो नौ दो के बाद से ये स्थिति बेहतर रहेगी कोशिश कीजिएगा प्रयास करिएगा कि पूर्णिमा का व्रत उठा लीजिए फुलमून का व्रत उठा लीजिए और नमक का सेवन उस दिन मत करिएगा ठीक है जी राम राम चलिए देखिए कितना अच्छा लग रहा है इतने लोगों का फोन कॉल आ रहा है और आप लोग भी ट्राई करिए किस-किस बात करें किससे ना करें कन्या राशि की ओर बढ़ते आज हमारा राशिफल बहुत लंबा खींचेगा कन्या राशि के जात को गोचर कुंडली के जो चंद्रमा रहेगा आज सातवें घर में रहेगा तो होगा क्या आज जीवन साथी और पैसों की स्थिति में कुछ बदलाव होता हुआ दिख रहा है जीवन साथी आपके नहीं बदलने वाले हैं लेकिन उनके व्यवहार में कुछ बदलाव होगा आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा विचार करके कोई योजना बनाएंगे तो अच्छा रहेगा पैसों के लिहाज से बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है रुका हुआ पैसा आज आपको मिलता हुआ नजर आएगा आप लोग प्लीज लाइक करिए देखिए फोन एंड लाइव हमारा जो है सेशन चल रहा है तो प्लीज आप लोग लाइक करिए और जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर के साथ आज कोई विवाद ना होने दे तो बेहतर रहेगा यात्राओं का योग बन रहा है यात्राओं में जो है आज आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिख रही है कुछ दोस्तों का व्यवहार आज आपको जो है, सनक पूर्ण लग सकता है मूर्खतापूर्ण लग सकता है तो हो सकता है कुछ आपको वो हल्ट करते हुए नजर आए कोशिश कीजिएगा कि चमड़ों का चमड़े के जूते का यदि आज आप दान करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा इसके लिए आपके लिए शुभ कलर की यदि हम बात करें तो वाइट कलर शुभ कलर रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक दो आपका शुभ अंक रहेगा नमस्कार जी आ, सर, मैं चाहती हूँ डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस बताइए क्योंकि बहुत ज्यादा समय हमारे पास नहीं तो है लाइव पाँच अगस्त पाँच अप्रैल जी पांच अप्रैल जी टाइम क्या है इन, तो दिन के साढ़े ग्यारह बजे ना, इन, के ना है। जी पीएम है जन्म स्थान कहाँ का है ओके जी आपने पूछा प्यार जो है मतलब लव मैरिज होगी कि नहीं होगी और ये मांगलिक है, ऐसा है बिल्कुल देखिए इनकी जो है जो आप राशि पूछी हैं इनकी हाँ? वृश्चिक लग्न की कुंडली है और कन्या राशि है ठीक है हाँ? हाँ? आ, आपने जो प्रेम संबंधों की बात पूछी तो प्रेम संबंधों के लिए पंचम भाव और सप्तम भाव का विचार किया जाता है जी. तो पंचम भाव तो इनका बलि है नो डाउट लेकिन जो सप्तम भाव है आफ्टर मैरिज पहली बात तो राहु की महादशा चल रही विवाह होने में ही पसीने छूट जाएंगे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आएगी आसमान और एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा तब कहीं जाकर शादी होगी हमको तो 80 परसेंट लगता है कि यह विवाह नहीं होगा 20 परसेंट में अगर होता भी है तो शादी के बाद ये विवाह विच्छेद हो जाएगा ये बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है ये भी हम आपको बता दें बिल्कुल योग नहीं है कोई योग दूर दूर तक दिख ही नहीं रहा है अब अब देखिए एक हम एक ही कुंडली ले सकते हैं प्लीज अगर आपको दिखवाना है तो आप ऑफिस के नंबर पर तीन अगस्त तीन अगस्त पराइव दोपहर में कि रात में एक बज के अड़तीस मिनट देखिए नियम के विपरीत जाके हम आपकी कुंडली देख रहे हैं एक बार में एक ही देखनी चाहिए आपकी जो कुंडली है वृक्ष लग्न की कुंडली है कन्या राशि है आपकी आपका भी पंचम भाव बहुत अच्छा नहीं है और सप्तम भाव भी अच्छा नहीं है तो देखिए आपकी कुंडली के हिसाब से तो प्रेम विवाह का आप उनको बहुत ज्यादा चाहती है जी लेकिन वो वो इतना आपको नहीं प्यार करते हैं आपको जो है यूज एंड थ्रो वाला जो है सिस्टम हो रखेंगे तो शादी शादी मुश्किल ही है होना तो नहीं, नहीं, नहीं होगी जी नहीं हो पाएगी ठीक है जी चलिए अगली राशिफल पर बढ़ते हैं तुला राशि आज का राशिफल राशि भविष्य भुण तुला राशि वालों के लिए क्या कहती है तो तुला राशि के जो हमारी जा तक वीडियो देख रहे हैं रहा है तो आज व्यस्ततम शेड्यूल रहेगा बिजी शेड्यूल रहेगा आज आप किसी की मदद करने का काम भी अपने सिर पर ले सकते हैं किसी से बातचीत में बहस हो सकती है करना क्या है मंदिर में आज आपको परफ्यूम का दान करना है सुगंधित चीजों का दान करना है और शुभ कलर की बात करें तो ऑरेंज कलर आपके लिए शुभ कलर रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक 9 आपका शुभ अंक रहेगा आपको बी नाम और ए नाम के लोगों से सावधान रहना है चलिए स्कॉर्पियो की ओर बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की ओर बढ़ते हैं तो आज आमदनी बढ़ने का जो है स्रोत दिख रहा है वृश्चिक राशि के जात को और कामकाज में नई शुरुआत हो सकती है आप नौकरी बदलने के लिए आज सहमत हो सकते हैं परिवार में किसी के रिश्ते आज से आज जो है सहमत मिल जाएगी यदि अभी तक आप अविवाहित हैं तो विवाह का कोई रिश्ता आज नया आपको मिलता हुआ दिख रहा है इसके साथ साथ किसी की आलोचना मत करिएगा अन्यथा आज किसी के साथ जो है आप उलझ सकते हैं तमाम फोन कॉल आ रहे हैं प्लीज देखिए आप लोग हमारी भी मजबूरी को समझिए अगर एक लोगों की हम कुंडली देखते हैं तो एक ही लोग प्लीज जो है दिखाया करें हमको इमोशनल ब्लैकमेल करके आप लोग दो कुंडली तीन कुंडली जो है मत दिखाइए और आज करना क्या है देखिए पहली बात तो केसर का तिलक मस्तक जुबान नाभि पर लगाना है दूसरी सबसे बड़ी चीज हम बता दें आज आपके लिए शुभ कलर की बात करें तो व्हाइट कलर आपके लिए शुभ कलर रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक नौ आपका शुभ अंक रहेगा चलिए ओ नाम और पी नाम के लोगों से सावधान रहिएगा धनु राशि की ओर बढ़ते हैं आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है उससे पहले आप लोगों की इजाजत हो तो एक कॉल ले लें हेलो हाँ जी अप, अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस बताइए उन्नीस सौ छियानवे सुबह साढ़े छह जी प्रश्न पूछिए अपना किस क्या बोल रहे हैं सर, जाना चाहिए। मेरा लाइन है। अच्छा आपकी जो कुंडली है लग्न की कुंडली है आपकी मिथुन राशि है आपने जो करियर का चुनाव पूछा है आपके करियर के मालिक बनते हैं शनि राशि हाँ जी मिथुन राशि है आपकी आपकी मिथुन राशि है नाम से मत देखिए चंद्रमा जिस घर में बैठता है वो आपकी राशि होती है छठे भाव में बैठा हुआ है अरे जी तीसरे भाव में इक्कीस मई 1996 है सुबह साढ़े छह बजे अरे आप एक मिनट जी आपकी वृषभ लग्न की कुंडली है कन्या राशि है जी आपको अगर जाना हो तो आप जुडिशरी लाइन में जा सकते हैं अच्छे वकील बन सकते हैं जो शनि है स्वाग्रही है पुरुष योग भी आपकी जन्म कुंडली में बना हुआ है लॉ सेक्टर से रिलेटेड आप कोई भी कार्य कर सकते हैं इंजीनियरिंग यदि आपने किया हुआ है तो चिपसेट इंजीनियरिंग में भी आप जा सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक चीजों से भी रिलेटेड आप जा सकते हैं ठीक तो है।, है जी तो होगा चलिए धनु राशि की जो है हम बात कर लेते हैं तो आज धनुराज के जात को सामाजिक मेल मिलाप के लिए जो है अच्छा समय है कुछ रोचक मौके आज, आज आपको मिलते हुए नजर आएंगे भावनात्मक परेशानियां आज खत्म हो सकती हैं प्रेमी के साथ अनबन की स्थिति आज रहेगी अपना मन व्यवहार शांत रखिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा जरूरी कामों की सूची बनाकर निपटाएं व्यस्तता रहेगी करियर के लिए आज आपको जो है जो भी संभव मदद होगी वो मिलती हुई नजर आएगी शांत रहिएगा कोई बहुत बड़ा फैसला लेने से आज आपको बचना है धनुराश के जातकों को करना क्या है आज शिवलिंग पर जल में हल्दी डाल करके आपको अभिषेक करना रहेगा शुभ कलर की यदि हम बात करें तो आपके लिए आठ अंक शुभ रहेगा शुभ शुभ अंक की बात करें तो आठ अंक शुभ रहेगा येलो कलर आपका शुभ कलर है आर नाम यू नाम के लोगों से सावधान रहना है हेलो डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस बताइए तीन चीजें डेट टाइम और प्लेस तीन चीजें no. हमको बताइए ग्यारह दस इक्यावन दो, के। दो जी कहा का जन्म स्थान है दिल्ली का दिल्ली का आपकी जो कुंडली है कर्क लगने की कुंडली है कुंभ राशि है आपकी प्रश्न आपका क्या है बताइए प्रश्न अपना पूछिए कोई एक क्वेश्चन कोई एक क्वेश्चन पूछिए क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है आगे, आगे। प्रस्नी प्रस्नी प्रस्नी पैसे की परेशानी है जो आपके धन के घर के मालिक बनते हैं ये बनते हैं सूर्य और सूर्य थर्ड हाउस में इतनी भी परेशानी देखिए आपको धन की नहीं जितना आप कह रहे हैं जी पैसा आपके पास है लेकिन आपका पैसा इधर उधर लोगों को आपने उधार बांट रखा है दे रखा है इस कारण आपको दिक्कत है आपका पैसा फंसा हुआ है आगी। जी आगी। तो कोशिश कीजिएगा जो आप पैसे से रिलेटेड आप क्वेश्चन आपका है तो पैसों के लॉर्ड बनते हैं सूर्य सूर्य पराक्रम के घर में चले गए हैं और आप अगर सूर्य को प्रतिदिन अर्घ दें उसमें लाल मिर्च के बीज डाल दें तो बहुत अच्छा रहेगा लाल मिर्च के बीज डाल दीजिए लाल रोली डाल दीजिए हल्दी डाल करके प्रतिदिन सुर को अर्घ दीजिए आदित्य स्त्रोत का पाठ कर लीजिए बहुत ही अच्छा रहेगा बहुत उत्तम रहेगा चलिए हम अपनी अगली राशि की ओर बढ़ते हैं हमारी जो अगली राशि आती है ये आती है कैप्रिकॉन मकर राशि तो मकर राशि के जात चूंकि तीसरे भाव में आज चंद्रमा का गोचर रहेगा तो जीवन साथी के साथ आज फायदा होगा कुछ नया काम आज आप कर सकते हैं आज आपको किस्मत का साथ मिलेगा मेहनत से आगे बढ़ेंगे भाइयों और दोस्तों की मदद से आज आपके काम पूरे हो सकते हैं नौकरी धंधे को लेकर मन में कुछ व्यवहारिक विचार रहेगा ऑफिस में कोई नया काम मिल सकता है कोई पुराना मामला चला आ रहा है तो बेहतर है कि उसे आज आप निपटा लें तो अच्छा रहेगा किसी काम को बार बार करने से बचना होगा उधारी लेने से बचिए तो करना क्या है आज धनिया जो है धनिए का आप जितना अधिक सेवन कर सकते हैं अच्छा रहेगा और शुभ कलर की यदि हम बात करें तो ब्राउन कलर कैप्रिकॉन के लिए शुभ कलर रहेगा अंक 9 शुभ अंक रहेगा और ओ नाम और एम नाम के लोगों से सावधान रहना अगली राशि पर आगे बढ़ें उससे पहले हम एक फ़ोन कॉल लेते हैं क्योंकि ये एब्रॉड से फ़ोन आया है हेलो हलो, हलो? हाँ जी डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस बताए प्रणाम प्रणाम फिर से बताइए तेईस अगस्त तेरह अगस्त 1990 टाइम बताइए टाइम बताइए प्रश्न पूछिए अपना कन्या लग्न की आपकी कुंडली है मेष राशि है आपकी हाँ आपने क्या पूछा है इस समय वर्तमान में आप करते क्या है किस चीज का बिजनेस है आ? द्याज, तो द्याज का धंधा है चलिए ब्याज का धंधा अगर आपको बिजनेस करना है बुक्स से से रिलेटेड रिलेटेड आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं कॉपी किताब स्टेशनरी से रिलेटेड स्टेशनरी कॉपी किताब बड़े में यदि आपको बिजनेस करना है तो यहाँ पर राहु आप अगर और बड़े में अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज भी आप खोल सकते हैं ठीक है जी राम राम चलिए कुंभ राशि की ओर बढ़ते हैं तो आज चूंकि कोचर कुंडली में चंद्रमा धन भाव में रहेगा धन लाभ के योग बन रहे हैं और कोई नई महत्वपूर्ण शुरुआत आज आपकी होती हुई नजर आएगी ऑफिस में आज आपको वो काम मिल सकता है जिसके लिए आप बहुत ही उत्सुक थे आज आप अपनी वाड़ी से काम पूरे करवा लेंगे न्याय संगत बातें करेंगे तो ठीक रहेगा पुरानी मेहनत रंग लाएगी परिवार और बिजनेस के मामलों में सहजता और सरलता रहेगी पार्टनर के साथ दिन अच्छा बीतेगा समय अच्छा बीतेगा थकावट कुछ हो सकती है ऑफिस में भी कोई आपको नई जिम्मेदारी मिलती हुई नजर आ रही उच्चाधिकारियों से संबंध आपके बहुत मधुर रहेंगे करना क्या है आज आपको कि पूरा दिन आपका शुभ जाए आज दस सॉरी दशरथ कह रहे थे आज आपको जो है भगवान भोलेनाथ पर दूध से अभिषेक करना रहेगा और गरीबों में दूध का दान आज आपके लिए परम हितकारी रहेगा शुभ कलर की बात करें तो ब्लैक कलर आपके लिए शुभ कलर रहेगा और अंक छः आपका शुभ अंक रहेगा क्यों नाम पी नाम के लोगों से सावधान रहना है अगली कॉल लेते हैं हेलो हाँ जी नमस्कार जी राम राम अपनी डेट आप बर्थ टाइम और प्लेस बताइए और अपना प्रश्न पूछिए 12 सितंबर में सुबह साढ़े बारह दोपहर में बारह तीस के बाद, बाद। तो सुबह तो हुआ नहीं हाँ। आ, आपकी जो कुंडली है वृश्चिक लग्न की कुंडली है आपकी कर्क राशि है क्वेश्चन बताइए अपना तो आपने क्वेश्चन गलत पूछा आपको पहले पूछना चाहिए था गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी और शादी फिर आपको पूछना चाहिए था जी जी तो शादी में तो विलंब है बुद्ध की महादशा चल रही गवर्नमेंट जॉब आपको दो हजार बीस में मिलेगी क्योंकि बुद्ध में जब सूर्य का अंतर आएगा तो ये गवर्नमेंट जॉब आपको दिलाएगा मेहनत करिए बड़ा प्रशासनिक पद आप ले सकते हैं क्योंकि आपके जो नौकरी के मालिक बनते हैं कर्म क्षेत्र के मालिक बनते हैं बनते हैं सूर्य स्वाग्रही हो गए हैं और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हैं। शुक्र का यह नक्षत्र है प्रयास करिएगा अच्छा पद आप ले सकते हैं ठीक है जी बहुत बहुत धन्यवाद चलिए अंतिम राशि पर बढ़ते हैं और अब हम अपना टेलीफोन कॉल यहां पर समाप्त करते हैं और यह मोबाइल जो है अब करते हैं स्विच ऑफ तो मीन राशि की हम बात कर लेते हैं कोई बहुत जोखिम भरा काम आज शुरू करते हुए नजर आ रहे हैं आज आपका आकर्षण बढ़ सकता है पूरी ताकत और मन से काम करेंगे तो आज आपको फायदा मिलेगा आपको पैसों के बारे में आज बहुत ही समझदारी से फैसला करने की जरूरत है एक्स्ट्रा इनकम के अच्छे और नए योग बन रहे हैं आज दूसरों की बातों और कामों में दखल देने से बचना होगा काम में मन लगाने में आज, आज आपको एक्स्ट्रा कोशिश करनी पड़ सकती है किसी मामलों में आज, आज आप लालच करेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा आज लव लाइफ के लिए कोई मामला आपके लिए बहुत सेंसिटिव हो सकता है सम्यता रखिएगा किसी की बातों में ना आए तो बेहतर रहेगा अपने पार्टनर से मिलकर गलतफहमियां गलत दूर करिएगा जीवन साथी के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं रहेंगे बिजनेस में अचानक फायदा होने का योग बन रहा है नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज अच्छा समय है करना क्या है तांबे के जो सिक्के हैं एक सिक्का ले लीजिएगा और बहते हुए पानी में आज अपने सर के ऊपर से सात बार क्लॉकवाइज उतार कर डाल देना है दूसरा अपने माता पिता के चरण स्पर्श करिएगा शुभ कलर की बात करें तो आपके लिए पिंक कलर शुभ कलर रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक आठ शुभ अंक रहेगा एस नाम और के नाम के लोगों से सावधान रहना है तो दर्शकों ये तो था हमारा मेष से लेकर मीन राशि तक का राशिफल शुभ अंक शुभ रंग महा उपाय और फोन एंड लाइव कार्यक्रम आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट कीजिएगा प्रतिदिन रात में 10 से लेकर साढ़े दस पौने दस इसी के आसपास हमारा ये जो है प्रोग्राम चला करेगा आप लोग टेलीफोन माध्यम से जो है हमसे संपर्क साध है, सकते हैं जुड़ सकते हैं फोन मिलाते रहिएगा आपकी किस्मत के ऊपर है कोई हर एक चीज की पारदर्शिता है फोन हमारे हाथ में रहता वही एक नंबर है और कोई नंबर नहीं है तमाम फोन आते हैं आपके सामने हम रिसीव करते हैं कोशिश करते हैं एक ही प्रश्न ले एक ही कुंडली ले लेकिन कुछ लोग हैं तो प्लीज मजबूरी हमारी भी समझिएगा सबको मौका आप लोग दीजिए दर्शकों इस वीडियो को जमकर शेयर कीजिए हमारा जो फेसबुक पेज है फेसबुक पर आप टाइप कीजिए एस्ट्रोबिदासको जाकर लाइक करिए और उस पेज को इतना शेयर करिए इतना शेयर करिए तमाम जो है नई नई चीज़ें आपके लिए नए नए प्रयोग लेकर आ रहे हैं जन्माष्टमी से जुड़ा एक हमने जो है अपने पेज पर जो है डाला हुआ है जन्माष्टमी का है हालांकि दो तारीख को जन्माष्टमी है उससे जुड़े कुछ उपाय भी हम डालेंगे तो उस पेज पर जाकर आप देख सकते हैं दर्शकों दीजिए अपने इस को इजाजा तब तक के लिए नमस्कार आपका दिन शुभ हो